सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अगर मस्जिद में बच्चे शरारत करें तो उसे दरगुजर करें अगर मस्जिद में बच्चे शरारत करे तो उसे दरगुजर करे क्योंकि ये बच्चे टीवी इंटरनेट छोड़कर मस्जिद आते हैं कल यही बात हमारे दिन को जिंदा रखेंगे